इंदौर के सावेर में चल रही रामकथा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे जहां उन्होंने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की और साथ ही कथा में भक्ति भाव से भजन जिसे सुन श्रद्धालु झूठ है भले ही आप किसी भी क्षेत्र में महारती हो लेकिन ईश्वर के दरबार में हर इंसान बराबर है उसके दरबार में क्या राजा क्या रंग इसी की अनुपम झलक देखने को मिली सावेर में चल रही रामायण कथा में जहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मुख्यमंत्री चौहान ने कथा स्थल में व्यासपीठ का पूजन किया और कथा श्रवण करने लगे कथा श्रवण के बाद भक्ति भाव से उन्होंने भजन गाया जिसे सुन श्रद्धालु झूम उठे मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि रोम रोम में राम है सकल विश्व में वही समाय है हर आत्मा में परमात्मा का अंश है हमारा भारत देश विश्व के कल्याण की भावना में चलता है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं